मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे राम एकदम नया है पहली बार गा रहे गया जलाओ तो दिया जलग दीवाली में मनाओ दिया जलक दीवाली मैं सुनाऊ के नीचे me